राम ताऊ ओह नो राम राम मैं आ सुते हो मैं तो क्या गा सुते हूं सुनती भी मेरी किस्मत है और जब भीड़ती पे आ ताऊ भीड़ती मारकन किसे दिन भीड़ती यार हूं तू एक आदमी दुखवा मैं ताऊ बे मोदी भीला का दे सही है गलत है बे तो बेटा थे देखो न्यूज़ में मैं किसे दिन खेता हूं हे तो देखा फिल्मों में क्या न्यूज़ देखा न्यूज़ थे देखो बुजुर्ग लोग देखा है ताऊ वो तो स्टोरी आडियो अपना कानी करा दियो नी दिन मैं ताण मारू मेरे को नहीं लागे ताऊ इ थे तो बणो बी में मारी देखा में चल जा रुक तो 2 मिनट रुक वो तो गुलाबो आ लाग रे आ जा दादा वो गुलाबो आ गयो ताऊ ताऊ राम राम राम राम के आला ठीक है ताऊ मैं चालूं चल ठीक गुलाबबा साहब बता की देव जाड़ो और सुना गुलाब भाई के आले थे आजकल बढ़िया बढ़िया ताऊ उतार सुनाओ बढ़िया बढ़िया और बढ़िया बढ़िया वो पेट्रोल को रेड चक्के गलती सही है बेटा डिंगे बारे में था कोनी पर तो तेरी घर वाली के बारे में पूरी डिटेल है मेरे कने एक-एक मैं तो क्या बोलूं धार के गैस भूत है बेटा भूत तो कोनी ठिकाना जान लाग रयो गली में बीम थारली में तेरी घर वाली मेरे कने टेड़ टेड़ देखे कभी साब लगा ले तो चलो घर जाकर पूछूं फिर मैं भी हूं चल तू तो बन भी चलो ठीक एक नाम और एक मारा <laughs> तो राम राम देखा क्या राम राम राम राम राम राम बढ़िया बढ़िया बढ़िया बेटा आपने मन के रिपोर्ट है बेटा आप न्यूज देखी गांव के एक एक हो रहा है मन री खरी बात होगी? Oh no. तो बिंग है बिंग है तो है नहीं मेरी होगी फिर तेरी तो तो खारी खारी खारी बात बात बेटा यार सा सत श्रीकाल सत ब जगारो छोड़ो जोर कित जगारा छोड़ने लिया बोलिए नहीं नहीं पूजा करनी है जी करेगी। नहीं ले चलिए नवी नवी गाँगा सुना दिया बात कोई को तू सुना तू बात मेरे को देख बात है सुना बाजू में तो चोरी की है तो गलती। ये पूरी बात मैं क्यों? तू चाल चोरी करांगा। टाइम इंग्लिश में बात करें इंग्लिश में तो अभी पैगल गाइड है काली ही कर शाह हाँ मॉर्निंग टाइम करेंगे ठीक आ बहुत मन्ने तो तो तो यार। गोलरे गांव में मेरे दाना पानी खत्म है राम राम भाइयों आ वीडियो थाना किए लगी कमेंट करके जरूर बताया और वीडियो ने कर लाइक और चैनल ने कर लिया सब्सक्राइब ओके धन्यवाद